हम बने तुम बने बोले सच्चाई है नहीं? कि नहीं है बस बोले सुबह ला कि जिनकी खातिर बने है ये अरजो समा जिनकी खातिर बने है ये अरजो समा माल के दो जहां मुस्तफ़ा गए जुल्फ़ बल्ल है, है, है चेहरा बशम्स है, है बाँग चेहरा बशम्स शम्स है आँख है जुल्फ़ बल वो बदह गए चेहरा बशम्स है आंख माजा गो सुल्फ बल वो बद गए तब ज़माने से छट जाएगी तीरगी धेरा तीरगी अब जमाने से छट जाएगी दफन होने से हर बच बच जाएगी तीरगी अब जमाने से छट जाएगी दफन होने से हर बच बच जाएगी मिल जाएगी सबके हाजत रबा मुझ तबा गए तकबीर नारायण रिसाल मसल के आला हजरत इसम जुबैर साहिब तुबला नारायण तकबीर नारायण रिसालत सुबह ला सुबह ला के सब यजीदियों में खलबली हुसैन के नाम पर बोली सुबह सुबह सच्चाई तो ये है आला हजरत का चाहने वाला, तो वाला ही अहद की सच्ची और अच्छी हकीकत को बयान करता है बयानत को बयान सुबह आला हजरत से टच होता है ना पहले जानता है टच होने से पहले उसको पता चलता है इमाम ने कह दिया कि तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा आहा, बार बार बार बार बार तो अपने इमाम के नक्शे कदम पर चलता हुआ और कहता है कि सब में मच गई खलबली जब चली काटती जुल्फिकारे अली सभी मच गई खलबली जब चली काटती जुल्फिकारे लिए बन कर सहे कर बला गए यार रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सूल यार रसूल के जब के शेर बबरी को जला ला गया सुभान बर कोजे बंद में जलजला आ गया जबकि शेर बबर को जला ला गया नजदो देवंद में जलजला आ गया खौफ से हर भी ये कहने लगा खौफ से हर भी ये कहने लगा भागो भागो के अहमद रजा गए हो तकबीर कपीर दर रिस मसल के आला हजरत सायर इस्लाम जुबैर हसन ईसाफिबला दर तपीर नर खौफ से हर वहाँ ही ये कहने लगा भागो भागो भागोग हैं मदरजा आ गए मुस्तफ़ा गए मुझ तबा गए और मेरी हकीकत हो आ, बस बोले सुबह तु जुबैर नबी का शना खान है तु जुबैर नबी का सनाखान है तेरे ऊपर ये फैजान हसान है तु जुबैर नबी का सनाखान है हाँ हाँ सुबह अल्लाह तारी तो ता, फिर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह की तू जुबे नबी का सनाखाने है तेरे ऊपर ये फैजान हसान है जा रजा, रजा, रजा के करम से तेरे हाँ सुखा जा रजा के करम से तेरे रहनुमा बन के आखो तर रजा गये के गौस सुखा जा रजा के करम से तेरे रहन बन के तर रजा गए रहनम बन के अख तर रजा गए मुस्तफा तबा गए मुझ तबाह आ गए